और खासतौर से मुखासि के हम ये बात कहना चाहेंगे अपने सिस्टम को व्यवस्था को अभी 15 अगस्त पे हमने आजादी का अमृत महोत्सव बनाया साहब जिस पेट में रोटी नहीं है उसके हाथ में ठंडा था देशभक्ति की आंख थी मेरे भी नहीं लेकिन इस देश के लिए उन्होंने क्या बना दिया वो कहते हैं कि तुम आजाद हो और हमने कहते हैं कि आजाद में हूँ ही नहीं और नहीं होने देंगे जहाँ जिस आजाद मुल्क में स्वतंत्रता संग्राम सेनारियों के नाम के लिए जयंती बनाने के लिए पूरी प्रशासन पूरी व्यवस्था दबाने के लिए लगता है तो बताइए हम आजाद है ये हमें आजादी देना चाहते हैं यह आजादी हमारे यहाँ अधिकार क्या तो पांच सालों से क्या तो ब्राह्मणवादी मनोवादी लगता कुछ लोग अरे ये आजादी है अरे ये आजादी साथियों नौजवानों की जो बढ़ते कदम की आहटें हैं जो है जो क्रांति अभी हाथ से इस साल की उम्र में भगत सिंह के शहादत से अच्छी हुई है बाबा साहब के सपने जो अधूरे हैं आप हम सभी को तो मिलकर वो पूरे करने पड़ेंगे वो हमारे लिए जीने और मरने की एक बात स्वभावी हम दफते दबते इतने पीछे हट चुके हैं कि हमारे पास अब हटने के लिए रास्ता न हो तो हमारे जंगल छीन रहे हैं, तो हमारी ज़मीनें छीन रहे हैं, तो हमारे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार महंगाई भ्रष्टाचार ये तमाम चीजों से हमारे जिसम को निचोड़ रहे हैं जो तो पूंजरीवादी मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था इस देश में धंगे फैलाकर आप को तो लड़वाने का काम कर रहे हैं जिससे कि उनके हित चल एक मात्र तो मकसद है उनका मुनाफा कमाना और अपनी सत्ता की कुर्सी तो बचाने का क्या गुना है? दर मुंडा की जीएमसी तो बना रहे हैं। नहीं होने देंगे किसकी सोच हो सकती है किसी हिंदू की सोच नहीं थी किसी मुसलमान की सोच नहीं थी यह मनुराष्ट्र की सोच थी आप लोगों ने इस नौजवान कारवा ने यह साबित कर दिया और करके दिखा दिया यह कि एक जोरदार समाचार है उस दूर के ऊपर और इस नौजवानों के कारवा को जहां इस देश में वो कह रहा है कि विकास हो रहा है हां हाथा विकास हो रहा है महंगाई का हो रहा है बेरोजगारी का हो रहा है और तो और हर पंद्रह मिनट में हमारी देश की एक दूसरे से होता है ये फैल तो अपन वहां पर चल रहा है नहीं भूल जाएंगे नूलेंगे ना फूल ले जाएंगे और एक घर, हर, हर एक जुट का बदला लेंगे ये आज इस इस पर अहम कर ले हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों परिधानियों के जिन भारत देश को बनाने के लिए उन्होंने जो खाद हाँ पहपने थे जो सपने देखे थे उसके लिए हम अगर अपनी जिंदगी बचना पड़े तो सोचेंगे नहीं जरूर और कम से कम वक्त तो ऐसा थे कि बिल्कुल अपने आप को वक्त कर दिया मैंने इसलिए काम कर लिया ये पूरी मानवता की सेवा है तो हम बार बार जो कहते हैं जय सेवा जय सेवा मुझे भी बड़ा फख्र होता है जैसे वो कहते हैं इंसानियत की खिदमत से बड़ी और चक नहत होगी भाई कि ईश्वर अल्लाह खुदा की पनाह ही हुई कुछ और इसको संभालना किसकी जिम्मत आ रही है मुझे हमारी जिम्मत आ रही है क्योंकि तो हमारे पास और कुछ नहीं है साहब न हमारे पास एविजाफर है ना फैक्ट्रिया है तो न पड़े पड़े, पड़े पद तो सिंध जो जमीन जो पची थी अभी मोदी सरकार ने एक कानून लेके आए से तो थे कृषि कानून क्या मकसद पाट्रेक्ट तो जमीन छीनी जाती अभी एनआरसी लग रहा है हमारी छात्रियों पर हमारे कंधे पर रिकार्ड लेकर आइए हो के नहीं हो बात चलिए कि गैर आदिवासियों से उन्नीस सौ साठ का रिकॉर्ड मांगा गया है और आदिवासियों से उन्नीस सौ पचपन का जो पढ़े लिखे साथी हैं वो खासतौर से ही श्रीनाथ एक्टर तो समझे वो उनकी नजरें बिल्कुल अगर हमारे वोट की जरूरत नहीं होती ना उन्हें तो हमारे साथ लेने की भी इजाजत दे देंगे जो सुनने की साफ